हेलो किसान भाइयों गुड मॉर्निंग एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है आप देखिए हम लोग लास्ट बखराई कर रहे हैं इसके बाद सीधी धान फेंकेंगे अपना धान का खेत बिल्कुल रेडी है ये देखिए बिल्कुल मेड़ा ऐड़ा बन के यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो गई थी तो एक हम लोगों ने सिर्फ बखराई की थी अब खदाई करने जा रहे हैं आइए अपने ट्रैक्टर पे बैठ के देख देखिए हम सेकंड के हाई गेयर में ट्रैक्टर को चलाएंगे पनाई करने के लिए बड़े गेयर में चला आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए हम धीरे धीरे वीडियो डाल के आपको धान की सारी जानकारी देते रहेंगे कैसी धान है फेका वाली कब कौन से पेस्टिसाइड डालने हैं कब क्या होना है सारा कुछ आप लोगों को दिखाते रहेंगे और अगर आपके यहाँ भी खेतों में बिना मल्चिंग के पानी भरा हुआ रहता है तो आप लोग भी इस तरीके से कीजिए आपका लेबर का काफ़ी सारा पैसा बचेगा काफ़ी सारी बचत आएगी धन्यवाद और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ता है उससे